जय हिंद ये हिंदी का वर्णमाला से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर एक है इसके बाद दो और प्रैक्टिस सेट बनाएंगे जो वर्णमाला से संबंधित होंगे फिर वर्णमाला से संबंधित कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए किसी भी एग्जाम में और इस प्रैक्टिस सेट में लगभग सभी प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं ये शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न जो कि वर्णमाला पर डिपेंड है वर्णमाला से संबंधित सवाल आयोग भी पूछता है और जूनियर शिक्षक भर्ती में भी आएंगे, सी टी टी में भी आएंगे, सुपर टेट और टी, टी में भी आएंगे, और ऐसे सारे एग्ज़ाम आर के आर की जो परीक्षा होती है उसमें भी आएंगे, पी सी में भी आते हैं ऐसे सारे एग्ज़ाम जिनमें कि हिंदी पूछी जाती है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न हिंदी और में उष्म व्यंजन कौन से हैं जो नीचे दिए गए हैं उसमें आप सने स हा था ध फिर ऑप्शन डी च बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोग पेपर पेन लेकर बैठिए हमारे साथ हल करिए फिर लास्ट में बताइएगा कि आपको आपके कितने सवाल सही हुए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स स सा, सा, सा हा। ये उष्म्यंजन है प्रश्न नंबर दो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं क्या कहते हैं ऑप्शन ए अघोष सी अल्पप्राण या फिर डी महाप्राण तो तो बताइए इस इस प्रश्न प्रश्न का का सही उत्तर क्या होगा तो इस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अघोष प्रश्न नंबर तीन या राजनों को क्या कहते हैं ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन बी अंतस्थ व्यंजन सी ऊष्म व्यंजन या फिर डी उपरुक्त में से कोई नहीं पीसीएस प्री में पूछा हुआ 2013 में बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन कहते हैं यारा लावा को प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित में से ओष्ट ध्वनि नहीं है कौन सी इसमें बताना है कौन सी औष्ट ध्वनि नहीं है ऑप्शन ए चा में बीपा में सी भा में या फिर डी मा में किसमें नहीं है ये बताना है तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने लगा लिया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चा में नहीं है बाकी तीनों में है प्रश्न नंबर पाँच हिंदी के तालब ध्वनियां हैं कौन सी हैं ऑप्शन तो ए चा छ झा झा या फिर बी पा फ या फिर सी ता था धा धा या फिर डी ट इस प्रश्न में आपको बताना है कौन सी ध्वनि तालब हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ए ऑप्शन छा जा, जा। प्रश्न नंबर छ कौन सी ध्वनि अल्पप्राण अल्पप्राण है ऑप्शन ए खा बी धा सी था या फिर डी ता ध्वनि बतानी है इसमें कौन सी है प्रश्न प्रश्न नंबर इस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन डी डी ता ता प्रश्न नंबर सात हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है इसमें यह बताना है कि कौन सी ध्वनि ऐसी है जिस है, स्पर्श भी घोष भी है महाप्राण भी है और दंत भी है ऑप्शन नंबर सात का सही उत्तर हो होगा था प्रश्न नंबर आठ हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है यह बताना है ऑप्शन ए भा बी दा, सी था या फिर डी हा इसमें बताना है कि कौन सी इस पर घोष है महाप्राण है औष्ट ध्वनि है कौन सी है प्रश्न नंबर आठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भा प्रश्न नंबर नौ निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है ऑप्शन ए बड़ा बी ओ सी छोटी डी आ तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ई -E. प्रश्न नंबर 10 हिंदी की मूर्धन धुनिया है। हैं कौन सी हैं ऑप्शन ए चा छा झा झा बी ठा ठा डा ढा या फिर सी पा फ या फिर डी ता था धा धा इसमें बताना है कौन सी धुनिया मूर्धन्य है तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ट फार्मूला भी आपको पता होगा रिटू रसाणाम मुरधा जिसमें री और टा ट के सारे व्यंजन आते हैं और सारे मुरधा होते हैं प्रश्न नंबर ग्यारह हिंदी की बात ध्वनि है कैसी है ऑप्शन ए दंते ध्वनि है बी ओष्ट ध्वनि सी वात्सर्य ध्वनि या फिर डी तालबी ध्वनि तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ओष्ट ध्वनि प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित में से दंत निधन है कौन सी ऑप्शन बी सीता या फिर डी पा तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है क्या होगा प्रश्न नंबर 12? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी था प्रश्न नंबर तेरह निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृद्ध है ऑप्शन ए बड़ा बी सी ई या फिर डी आई इसमें बताना है कि कौन सा स्वर समृद्ध है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन छुट्टी प्रश्न नंबर चौदह निम्नलिखित में ध्वनियों में कौन सी ध्वनि दंतुष्ट है ऑप्शन ए था बी सीमा, मा जो दांत और ओष्ठ दोनों से निकलती है प्रश्न नंबर चौदह का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया होगा तो बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न नंबर पंद्रह निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धनी ध्वनियों का है ऑप्शन ये चावर्ग बी टावर्ग सी टावर्ग या फिर डी तावर्ग तो आप लोगों को पहले से फार्मूला पता होगा तो तो री और टावर की तो टावर की के अंतर्गत आती हैं ये ये है सोलह शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान है ऑप्शन ए सी दंत या फिर डी ओस्ट तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा प्रश्न नंबर सोलह तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तालब्य और इसके लिए भी एक फार्मूला पढ़े होंगे आप संस्कृत में इच नाम तालु ई और चावर्ग की ध्निया तालब्य धुनिया कहलाती हैं प्रश्न नंबर 17 नि, निम्न में कौन सा व्यंजन पार्शविक है ऑप्शन निपशा बी ला सी या फिर या तो पार्शविक व्यंजन बताना है कौन सा है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ला ध्वनि ध्वनि है है प्रश्न नंबर प्रयत्न के आधार पर किस प्रकार की ऑप्शन ए सी प्रकंपित या संघर्षहीन बहुत ही सवाल है नेट पंद्रह में 2015 में आया था प्रश्न नंबर अठारह का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निम्नलिखित में कौन सा पश्चिस्वर है ऑप्शन ए बड़ा बी बा, सी डी ढा ढक्कन तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा यदि इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग ढा से ढक्कन तो ये बिल्कुल गलत है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बड़ा प्रश्न नंबर बीस आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बाशिष्य है क्या है ऑप्शन ए औष स्पर्श अल्प अघोष या बी स्पर्श निरुनाशिकाण घोष या याघर्षी अल्प प्राण अघोष या निरुनाशिक ऑप्शन डी ओष्ठ स्पर्श महाप्राण सघोष निरनुनाशिक इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दोष्ठ इस घोष और सिक प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है ऑप्शन ए बी सी डी तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी टा प्रश्न नंबर 22 छ वर्ण किसके योग से बनता है ऑप्शन ए का प्लस, प्लस, प्लस श तो का सही उत्तर आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्रश्न नंबर तेईस स्वर ध्वनि के प्रकार है ऑप्शन ए दीर्घ ध्वनि के प्रकार है या फिर पुलु ध्वन के प्रकार हैं या फिर हर्ष ध्वनि के प्रकार हैं या फिर उपरुक्त तीनों तो बताना है आपको स्वर्य ध्वन स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तीनों क्योंकि स्वर तीन प्रकार प्रकार के और प्रकार के और तीनों होते हैं हिंदी वर्णमाला में प्रश्न नंबर चौबीस वर्ण कितने हैं ऑप्शन ए पचास बी बावन सी चौवन डी पचपन तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन आप, आप लोग लगाए हैं पचपन तो बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी बी नंबर किसे कहेंगे? शब्द शब्द समूह को को, को वर्णों के संकलन सी गणना या फिर डी वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को प्रश्न नंबर 26 हिंदी की शाह ध्वनि है कैसी ऑप्शन ए मूर्धन बी तालब्य सी दंत डी ओष्ट तो बताना है आप लोगों को कि जो हिंदी की शाह ध्वनि है शरीफा वाली वो कौन सी ध्वनि है तो हम आपको बता चुके हैं ना कि इच नाम तालु तो ये तालब्य ध्वनि ऑप्शन भी सही होगा छोटी और चावर और शाह ये जो है तालब्य से इनका उच्चारण होता है प्रश्न नंबर सत्ताईस निम्नलिखित में कंठ ध्वनिया कौन सी है वह ध्वनिया जो कंठ से बोली जाती हैं। ऑप्शन ए का खा बी या सी और अड़ा इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए का खा इसके लिए भी फार्मूला है अकुह विसर्जनिया नाम कंठा छोटा आ और का वर्ग और हाँ छोटा आ का वर्ग और हा ये कंठ से उच्चारित होते हैं प्रश्न नंबर अट्ठाईस ओ अव किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन ए तालब्य बी मूर्धन्य, सी या मूर्धन से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कंठोस्ट ओ दमूला तो है उसी के अंतर्गत कंठो से बोले जाएंगे ओ और औ प्रश्न नंबर निम्न में अर्ध स्वर कौन कहलाता है ऑप्शन ए या या बी पा सी फिर डी ला तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए या या जो है अर्धस्वर है प्रश्न नंबर 30 महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किसे संबंधित हैं ऑप्शन ए पहला दूसरे से दूसरा तीसरे से या फिर सी दूसरा चौथे से या फिर डी पहला और चौथा इसमें, इसमें ये बताना है कि पहला वर्ण दूसरा वर्ण या दूसरा वर्ण तीसरा वर्ण या दूसरा या चौथा वर्ण या पहला वर्ण या चौथा वर्ण जो ध्निया होते हैं क्या वो महाप्राण हैं इसमें ये बताना कौन सा इसमें जो विकल्प है वो सही है जिसमें ध्निया महाप्राण आती है वही पिक करना है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण है बाकी एक तीन और पाँच ये अल्पप्राण प्राण है दो चार महाप्राण है प्रश्न नंबर इकतीस भाषा की सार्थक लघुतम इकाई क्या है छोटी छोटी इकाई क्या है भाषा की ऑप्शन ए शब्द बी पद सी ध्वनि या फिर डी वाक्य तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को मालूम होना ही चाहिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ध्वनि ऑप्शन सी ध्वनि प्रश्न नंबर बत्तीस इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है अब आपको हम बता चुके हैं ना अल्पप्राण कौन कौन है वन थ्री और फाइव इसी में जो मिलेगा वही होगा अल्पप्राण तो ऑप्शन ए खा बी था सी चा या फिर डी था तो इसमें बताइए कौन सा है तो खा दो नंबर पर है ये नहीं होगा था भी दो नंबर पर ये भी नहीं होगा चा एक नंबर पर है हाँ क्योंकि एक ये होना चाहिए एक है तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चा जबकि जो है ये भी दो नंबर पर है तो हम बता दिए ना कि दें थ्री फाइव ये अल्प है और टू फोर ये महाप्राण है प्रश्न नंबर तैतीस इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है ऑप्शन डी या यहाँ पर डी होना चाहिए था तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर तैतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी या, या स्पर्श व्यंजन नहीं है नंबर चौंतीस निम्नलिखित में से कंठध ध्वनिया कौन सी हैं ऑप्शन ए का खा बी या रा फिर डी टा अड़ा तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा ये शायद रिपीट हो गया है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए का और खा बताएं हैं आकु विसर्जनिया नाम कंठा छोटा का वर्ग और हा ये कंठ से बोले जाते हैं प्रश्न नंबर 35 निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन व्यंजन बताइए मूर्धन के लिए हम बता चुके हैं आपको थोड़ा सा नाम मूर्धा री और टावर्ग और वाला सा ये मूर्धा के अंतर्गत आते हैं तो देखिए इसमें देखिए इसमें से कौन है आप सन गा घी पा तो इसमें आपको टावर्ग छांटना है तो इस तरह से टा वर्ग यह है टा ठा डा ढा तो इसमें टा और ठा जोड़ देंगे तो पूरा वर्ग बन जाएगा आधा भी जोड़ देंगे तो ये बन गया टा वर्ग तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डा और ढा प्रश्न नंबर 35 प्रश्न नंबर 36 निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण अल्प वर्ण कौन से हैं ऑप्शन ए छोटा बड़ा क गा था धा डी था भा, भा। अल्पप्राण बताने हैं कौन से हैं हम आपको बता चुके हैं वन थ्री और फाइव जो है वर्ण अल्पप्राण होते हैं और टू फोर महाप्राण तो आपको अल्पप्राण निकालने हैं ना तो अल्पप्राण के वन और थ्री फाइव कौन हैं तो देखिए प्रश्न नंबर छत्तीस का सही उत्तर बताइए क्या होगा देखिए ये तो हो नहीं सकते लगातार एक और दो है ये एक और तीन है ये दो और फोर है और ये टू और ये भी फोर है तो हम बता दिया वन थ्री फाइव वन थ्री फाइव अल्प प्राण है तो इसमें कौन सा लग रहा है देखो वन थ्री इसमें भी वन थ्री इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी का और गा प्रश्न नंबर सैंतीस निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित दुनिया कौन सी हैं ऑप्शन ए ख गा बी ऊ छोटाउ बड़ाउ सी आई ओ या फिर डी स सा तो इसमें बतानी है नवीन विकसित ध्वनिया कौन सी है प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खा और गा प्रश्न नंबर अड़तीस निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है ऑप्शन ए खा बी चा सी, मा डी छा तो घोष वर्ण बताने हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी माँ प्रश्न नंबर उन्तालीस निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है आपसे सने सा बी इया सी गा या फिर डी जा ये बहुत ही ऊंची प्रश्न है जो नाक से बोले जाते हैं जो नाक से आवाज़ निकलती है जिनकी वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं और ये हर एक वर्ग के आखिरी वर्ण होते हैं तो इसलिए जो नासिक व्यंजन होते हैं वो हर एक वर्ग के आखिरी वर्ण या पांचवा वर्ण होता है इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एक की है। प्रश्न नंबर नाशिकलीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 40, ए और वर्ण क्या कहलाते हैं ऑप्शन ए नासिक बी मूर्धन सी ओष्ठ डी कंठ तालब्य बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कंठ तालब्य प्रश्न नंबर इकतालीस निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है ऑप्शन ए लिरी को बी क्री को सी श्री को या फिर डी को तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्री को बाकी ये सारे वर्ण आपको मिल जाएंगे लेकिन ये नहीं मिलेगा प्रश्न नंबर सा सा सा हा कौन से क्या कहलाते हैं ऑप्शन ए प्रकंपी बी स्पर्शी व्यंजन सी स्पर्श व्यंजन या फिर डी ऊष् संघर्षी व्यंजन प्रश्न नंबर बयालीस का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऊष् संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं शाह शा हा नंबर तैंतालीस कौन सा अमानक वर्ण है ऑप्शन ए खा बी घा सी भा या फिर डी मा तो इसमें बताना है कौन सा अमानक वर्ण है जो कि अपनी वर्णमाला में इस समय नहीं है ये बताना है छांटना है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ये वर्ण हमारी वर्णमाला में नहीं है प्रश्न नंबर चवालीस का झा झा फा दुनिया किसकी है ऑप्शन ए संस्कृत की बी अरबी फारसी की सी अंग्रेजी की डी दक्षिणी भाषाओं की तो ये बताना है जैसे ये लिखा है का का के नीचे बिंदी रख दी जाती है खा खा के साइड में बिंदी रख दी जाती है इसमें बताना एक दुनिया किस भाषा की है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरबी और फारसी की प्रश्न नंबर पैतालीस निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है ऑप्शन ए पा बीटा, टा सी दा या फिर डी पा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को बताना है क्या होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है हमें कमेंट बॉक्स में हम इस सवाल का सही उत्तर देंगे अगले वीडियो में और हम वर्णमाला से संबंधित कुल 130 सवाल बनाएंगे कुल एक सवाल बनाएंगे जिसमें से पैंतालीस हो गए हैं 45 अगले वीडियो में एक साथ इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा परेशान हो जाओगे आप लोग तो 45 और 45 दो वीडियो में हो जाएंगे और और फिर बचेंगे कितने 40 40 और बचेंगे तो तीन वीडियो में पूरी वर्णमाला कवर हो जाएगी और इससे हट करके सवाल किसी भी परीक्षा में हिंदी में नहीं आएगा बिल्कुल ये पक्का है तो आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद